हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुपर फाइंड टेक्निकल में दोस्तों आज मैं आपको फ़ोन नोट्स के बेहतरीन फ़ायदे बताने जा रहा हूं फ़ोन नोट्स लगभग हरी फ़ोन में होता है हर स्मार्ट फोन में होता है छोटे फ़ोन में भी होता है कीपड वालों में पर लोग इसका यूज नहीं करते तो इसके यूज बताने वाला हूँ पहले चलिए इसे कर लेते हैं ओपन मैंने इसे पासवर्ड लगा हुआ है तो मैं अपना फिंगर लगा लेता हूँ इसमें यह दोस्तों पहला इसका उपयोग यह है कि आप मतलब कहीं रास्ते में आपको कोई व्यक्ति मोबाइल नंबर बोलता है तो आपके पास डायरी नहीं होती या फिर आपके पास पेन नहीं होता जैसे आप लिखने लिखते दूसरे से पेन मांगते हैं तो हमें अपना नोट्स वाला ऐप खोलना है और हमें किसी का किसी ने हमें नंबर दिया ले लिया हमने एग्जाम्पल ले लिया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो हमें सेव कर देना है इजीली वो हमारा कॉन्टेक्ट जो है वो सेव हो जाएगा ये कांटेक्ट है वो सेव हो गया है तो इस तरह से हमें सेव कर लेना है और दूसरा यूज़ जो है वो इसलिए जैसे कि हम कोई काम करते हैं या मतलब किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं या हमें वो काम उस दिन हमें करना होता है तो हम उसे भूल जाते हैं तो जैसे मैंने मेरा ये फ़ोन मैंने न्यू फ़ोन लिया था अपना तीस तारीख सातवां महीना 2021 तो मैंने ये नोट्स में सेव कर लिया है जिससे मुझे आसानी से याद रहेगा कि मैंने अपना न्यू फ़ोन कब ख़रीदा था और मुझे पता चल जाएगा कि मेरे फ़ोन को कितना टाइम हो चुका है तो ये नोट्स के बेहतरीन तरीके हैं यूज करने के आप यूज करिए